स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है हम लोग करंट अफेयर पढ़ने चल रहे हैं वार्षिकांक दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 के मध्य सभी घटनाक्रम को हमको पढ़ना है आज राष्ट्रीय घटनाक्रम का शायद अंतिम दिन है और उसके के साथ साथ प्रमुख महोत्सव को भी हम पढ़ेंगे फिर कल से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करेंगे आज पार्ट सिक्स है चलिए शुरू करते हैं आज का प्रमुख महोत्सव उसमें पहला जो सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है वो है बोनालू उत्सव बोनालू उत्सव कहां मनाया जाता है तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि बोनालू जो उत्सव है वो तेलंगाना में 11 जुलाई से 18 अगस्त 2021 के मध्य आयोजित किया गया है सीधे सीधे बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है फेस्टिवल तो पूछेगा तो आपको तेलंगाना आंसर लगा देना है राज्य ही ज्यादातर पूछेगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा कहां पे तेलंगाना में तेलंगाना में कहा हुआ अगर पूछता है तो गोलकुंडा किले में स्थित जगदम्बा मंदिर में 11 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य ये आयोजित हुआ है दूसरा महोत्सव देखते हैं सरस आजीविका मेला सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया है नोएडा आपको नोएडा उत्तर प्रदेश दोनों याद रखना है सरस आजीविका मेला इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है छब्बीस फरवरी से चौदह मार्च दो के मध्य मनाया गया है आयोजित किया गया है इंपॉर्टेंट है अगला महोत्सव देखते हैं कौन सा है केला महोत्सव केला महोत्सव कहां आयोजित हुआ है कुशीनगर में आयोजित हुआ है 22 से 25 मार्च 2021 के मध्य के मध्य सरस नोएडा में हुआ है उत्तर प्रदेश और केला महोत्सव कुशीनगर यूपी में आयोजित किया गया 22 से 25 मार्च 2021 के मध्य तीसरा है स्ट्राबेरी महोत्सव 15 से सोलह पंद्रह जनवरी से सोलह फरवरी दो के मध्य कहां पर झांसी उत्तर प्रदेश में देखिये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं ध्यान रखिएगा जैसे सरस आजीविका मेला कहाँ पे है नोएडा उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव कहां है कुशीनगर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहां है तो झांसी सरस आजीविका मेला की डेट याद रखिएगा 26 फरवरी से 14 मार्च और केला महोत्सव याद रखिएगा 22 से 25 मार्च 2021 15 से 15 जनवरी से 16 फरवरी के मध्य मनाया गया है स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में तो सरस नोएडा में केला महोत्सव कुशीनगर से केला का से कुशीनगर इसको याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी में सारा या, मतलब आगे सबसे पहले आधा सा है तो झांसी आप याद रखिएगा ठीक है तो सरस कहां पे नोएडा में केला कुशीनगर में स्ट्राबेरी कहां पे झांसी में अगला काला नमक चावल महोत्सव है काला नमक चावल जो महोत्सव है तेरह से पंद्रह मार्च दो के मध्य सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है चौथा यानी चार हो गए पहला सरस आजीविका नोएडा में केला कुशीनगर में स्ट्रॉबेरी झांसी में काला नमक जो चावल महोत्सव है वो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है तेरह से पंद्रह मार्च 2021 के मध्य अगला पांचवा भी ऐड हो गया यूपी में कौन सा है गुड़ महोत्सव कहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां पे हम रहते हैं तो इसे याद कर लीजिएगा गुड़ महोत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ है ठीक है तो सरस हो गया केला हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया काला नमक हो गया गुड़ हो गया ये सभी जो महोत्सव आयोजित किए गए हैं वो यूपी में किए गए हैं ठीक इनको जरूर याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एक इनमें से कोई जरूर आएगा हेमिस महोत्सव कहां आयोजित किया गया 6 से 8 मार्च 2021 के मध्य जम्मू कश्मीर में छह से आठ मार्च के मध्य 2021 में जम्मू कश्मीर में हेमिस महोत्सव का आयोजन किया गया है अगला पॉइंट टीका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है।, है बाकी यूपी वाले तो इंपॉर्टेंट ही है ये इस पेज पे जितने दिए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो बोनालू हो तो तेलंगाना याद रखेगा सरस यूपी नोएडा केला कुशीनगर याद रखना है स्ट्रॉबेरी झांसी याद रखना है काला नमक सिद्धार्थ नगर याद रखना है गुड़ लखनऊ हेमिज महोत्सव जम्मू कश्मीर टीका उत्सव जो है वो पे कहा मतलब 11 से 14 अप्रैल की 2021 के मध्य पूरे देश भर में आयोजित किया गया है ठीक है चलिए अगले की तरफ चलते हैं अगला पॉइंट कलरव पक्षी महोत्सव कलरव पक्षी महोत्सव जो है वो आयोजित हुआ है बिहार में पंद्रह से सत्रह जनवरी दो के मध्य कितने तारीख के मध्य पंद्रह से सत्रह जनवरी अच्छा जो महोत्सव है उसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली महोत्सव से आना ही आना है कलर पे बिहार में हुआ है नागी नक्टी पक्षी अभरण्य है बिहार में वहीं पर आयोजित हुआ है ठीक है अगला माघ बिहू महोत्सव है माघ बिहू महोत्सव कब कब मनाया गया है कब आयोजित किया गया है चौदह जनवरी 2021 को आसाम में बिहू नृत्य भी आप जानते हैं आसाम का है तो बाघ बिहू बिहू महोत्सव जो है आसाम में आयोजित किया गया है याद रखियेगा अगला चाय महोत्सव चाय महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा चाय आसाम आप जानते ही तो ये आप याद रखेगा चाय महोत्सव और बिहू महोत्सव जो है कहा बिहू महोत्सव है नाम से जानते हैं बेहू लोग जो बिहू महोत्सव मनाते हैं तो चौदह जनवरी की रात को ये चौदह जनवरी की रात को उरुका बोलते हैं उरुका शब्द बोलते हैं ये जो माघ बिहू महोत्सव है इसको भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं किस नाम से भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है इसको ध्यान रखिएगा तो माघ बिहू या भोगाली बिहू ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा चाय महोत्सव आसाम में है शिल्प ग्राम महोत्सव काम आयोजित किया गया है आसाम में तो तीन हो गए आसाम में एक हो गया माघ बिहू महोत्सव चाय महोत्सव और शिल्प ग्राम महोत्सव आपका कहां पर हो गया आसाम में हो गया अगला सिग्मो महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है तो गोवा में दो में आयोजित किया गया है ठीक है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित किया गया है कहां पे ठीक है अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पे ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित किया गया एक चीज यहीं पे ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो एक योग दिवस है 21 जून उस दिन की थीम क्या थी इस बार ध्यान रखिएगा इसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बोलते हैं तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की इक्कीस जून की थीम क्या थी तो ध्यान रखिएगा मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए ध्यान तो रखिएगा मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग अगला देखते हैं अगला है काचोथ उत्सव काचोथ उत्सव कहां पर मनाया गया जम्मू कश्मीर में मनाया गया है चौदह से सोलह फरवरी 2021 के मध्य काचोत उत्सव है ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है प्रथम राष्ट्रीय खिलौना सम्मेलन इंपॉर्टेंट है सत्ताईस फरवरी से दो मार्च के मध्य मनाया गया है 2021 में ध्यान रखिएगा प्रथम राष्ट्रीय खिलौना महोत्सव ठीक है वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है तो इसकी कोई जगह नहीं है अगला अटकल पोंगल अटकल पोंगल जो महोत्सव आयोजित किया गया है आप कह सकते हैं त्योहार हुआ है केरल में हुआ है आदि महोत्सव इसके पहले भी आदि महोत्सव के बारे में हम पढ़ा चुके हैं नई दिल्ली में आयोजित हुआ है अगला मांडू महोत्सव कहा इंपॉर्टेंट है, है मांडू महोत्सव कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है कहा्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव दो हजार में पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा ठीक अगला ग्रामा संस्कृत महोत्सव वही है ऊपर वाला ही है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव या ग्रामा संस्कृत महोत्सव ये भी पश्चिम बंगाल ही है रज महोत्सव कहां पे उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है रज महोत्सव ठीक है सारे महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा याद कर लीजिएगा ठीक है चलिए अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं हाँ, सोजत में सोजत मेहदी को मिला भौगोलिक संकेतांक यानी जीआई टैग मिला है ठीक है राजस्थान की है सोजत मेहदी को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक भौगोलिक संकेतांक तांक है ये पूरा संकेतांक प्रदान किया गया है अच्छा इसी के साथ दिया गया असम के जुडिमा को असम के लिख दे रहे हैं जुडिमा को भी भौगोलिक संकेतांक प्रदान किया गया जुडिमा जो है ये पारंपरिक पेय है वहां का अरे गड़बड़ हो जा रहा है पारंपरिक पेय है ठीक है अगला है इसी के साथ नागालैंड जो है नागालैंड का जो नागा खीरा है। नागा खीरा है है नागा इसको भी जी आई इसी के साथ दिया गया है नागा खीरा जो होता है बहुत ही मुलायम होता है रसदार होता है मीठा होता है खाने में स्वादिष्ट होता है तो आसम के जुड़िमा को और नागालैंड के नागाखीरा को और सोजत मेहदी जो है उसको क्या किया गया है जीआई भौगोलिक संकेतांक जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है अगला पॉइंट आकाश प्राइम मिसाइल ध्यान रखिएगा आकाश प्राइम मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट हुआ है मतलब उड़ान परीक्षण हुआ है तो 27 सितंबर 2021 को कब 27 सितंबर 2021 को आकाश प्राइम आकाश मिसाइल के नए संस्करण का पहला उड़ान परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया कहां चांदीपुर से किया गया है बस आपको इतना कि किया गया है ये इसकी खासियत होगी कि पंद्रह हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर इसको तैनात किया जाएगा ठीक है अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दिव्यांगजनों को इंपॉर्टेंट है दिव्यांगजनों को दिया गया है हुनरबाज पुरस्कार आजादी का जो अमृत महोत्सव एट द सेवेंटी फाइव चल रहा है इसी भाग के रूप में 25 सितंबर 2021 को कितने तारीख को पच्चीस सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी इसी दिवस के अवसर पर इसी को अंत्योतो दिवस भी बोलते हैं के अवसर पर ग्रामीण विकास ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार दिया गया इसमें आपको जो जो पॉइंट इंपोर्टेंट है पहली बात तो दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार दिया ये याद कर लेना है किसके अंक के रूप में एट द रेट सेवेंटी के मतलब आजादी के अमृत महोत्सव के अंक के रूप में दिया गया कितने तारीख को पच्चीस सितंबर को किसके अवसर पर तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी अंत्योदय दिवस था उसी पर दिया गया पच्चीस सितंबर को किसके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया कहा गया तो हैदराबाद का जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान है उसने दिया है कितने राज्यों के पंद्रह राज्यों के पचहत्तर दिव्यांगों को दिया गया है तो चार पांच पॉइंट है इसमें ध्यान रखिएगा ये ये ये ये और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ठीक है चार पांच पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिटीजन लाइव को संबोधित किया है पच्चीस सितंबर दो को किसको ग्लोबल सिटीजन लाइव को संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल सिटीजन लाइव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या किया है संबोधित किया है 25 सितंबर 2021 को ये डेट आपको याद रखनी है बस ठीक है इसकी ये जो ग्लोबल सिटीजन लाइव है ये क्या है एक वैश्विक संगठन है जो गरीबी खत्म करने के दिशा में काम कर रहा है ग्लोबल सिटीजन क्या है वैश्विक संगठन है अगला श्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में परशुराम के कुंड के विकास की आधारशिला रखी है बस आपको यह या पॉइंट याद कर लेना है कि अरुणाचल प्रदेश में परशुराम के कुंड की आधारशिला रखी गई है श्री जी किशन रेड्डी ने रखी है ठीक है ध्यान रखेगा देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित अगला पॉइंट है ये ये आप अलग है पॉइंट श्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड कहां पे कहाणाचल प्रदेश में परशुराम के कुंड के विकास की जो आधारशिला रखी है 23 सितंबर 2021 को रखी है अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर 25 सितंबर 2021 को लद्दाख के कारगिल के पास हम बोटिंग याद हम आप यहां पे लिख लीजिएगा हम बोटिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाड़ी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए हैं 25 तारीख को ब्लस लद्दाख याद रखिएगा 25 सितंबर दो हजार रखिएगा याद कि टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर यहां पे लगाया गया इतनी है इतने पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश फिर से देख लीजिएगा कौन कौन हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु मध्य प्रदेश और यूपी चार राज्यों को मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है किसने प्रदान की है रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ावा देने के लिए एक योजना सूचित की है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी प्रदान की है तीसता फाइव तीसता बी फाइव आप इसको कहिए तीस्ता फाइव पावर स्टेशन को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस पुरस्कार से ब्लू प्लेनेट पुरस्कार सितंबर 2021 में सम्मानित किया गया है हिमालयी राज्य सिक्किम में स्थित पे स्थित है तीस्ता पावर हिमालयी राज्य सिक्किम में है कहाँ सौ दस मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीसता फाइव पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको केवल इतना याद रखना है तीस्ता से, कि तीसरा पास सिक्किम में है इसको अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रथम हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया इसके बारे में पढ़ते हैं केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने चौबीस सितंबर दो को पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया ठीक है कितने तारीख को उद्घाटन किया है 24 सितंबर को किया है अभी हाल में किया है 2021 में किया है पांच दिन की अवधि वाला फिल्म महोत्सव लेह लद्दाख में 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा तो प्रथम हिमालयन जो फिल्म महोत्सव है किसने उद्घाटन किया तो श्री अनुराग ठाकुर ने किया कब किया 24 सितंबर दो को किया कहां पर किया तो लेह लद्दाख में कब से कब होगा आयोजित ये चौबीस से लेकर 28 सितंबर 2021 के मध्य अभी हाल में ही आयोजित हुआ है एक ग्रहवां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी देखिए इसमें लद्दाख के दो तीन क्वेश्चन आ गए चार बल्कि चार पांच लद्दाख आ गए हैं उनको ध्यान से याद कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 21 सितंबर को इग्रहवा अंतरराष्ट्रीय कितने तारीख को 21 सितंबर 2021 को इग्रहवा अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित हुआ ध्यान रखिएगा कब 11 सितंबर 2021 को कहां पर लद्दाख की राजधानी लेह में कितने तारीख को इक्कीस सितंबर को कब इक्कीस सितंबर को तीन पॉइंट आपको याद रखना है पॉइंट मेन है इसमें कौन एक तो 11 ग्यारह सॉरी यहां पर 11 सितंबर लिख दिया 21 सितंबर है ये इग्रहवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है शांति सम्मेलन है कितने तारीख को 21 सितंबर 2021 को लद्दाख में आयोजित किया गया है इसी के तहत भारतीय मानवाधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोध अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र ने इसको संयुक्त रूप से क्या किया है आयोजित किया है इसी अवसर पर मानवाधिकार परिषद महाबोधि और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के संस्थापक भिक्कू संघ सेना को सातवां अब्दुल कलाम कलाम पुरस्कार भी दिया गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट सातवां अब्दुल कलाम पुरस्कार जो दिया गया है भिक्कू संघ सेना को दिया है जो मानवाधिकार तो परिषद महाबोधि अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के संस्थापक भी है महाबोध अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्था केंद्र के संस्थापक हैं इनको मानवाधिकार परिषद द्वारा दिया गया है सातवां अब्दुल कलाम पुरस्कार भिक्खु संघ सेना को बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ही छुपे हुए पुरस्कार धीरे से पूछ लेता है और हम लोगों को लगता है जो नॉर्मल हम लोगों ने पुरस्कार पढ़े हैं वो छूट गया कहीं कोवलम इंपोर्टेंट है कोलम और पुद्दुचेरी के ईडन को मिला इको ब्लू फै प्रमाणन ठीक है, है कोलम और पुद्दुचेरी में इडेन को मिला इको ग्लेबल इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है ठीक है ये तट तट वाले क्षेत्र हैं, तट हैं, ठीक है भारत के तो भारत के दो नए जो समुद्र तट हैं वो तो कोलम तमिलनाडु का है और इडम कहाँ का है पुद्दुचेरी का है को तो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है अब तक भारत के कुल 10 समुद्री तट ऐसे हैं जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पा चुके हैं इसकी खासियत होती है कि जो सम, जिनको ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है तो ये माना जाता है कि वहां पर स्वच्छ जल स्वच्छ वातावरण यानी स्वच्छता का ध्यान दिया जाएगा और पर्यावरण का भी ध्यान में रखते हुए ठीक है रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ हुआ है कब सत्रह सितंबर दो को रेल कौशल अलग प्वाइंट है इससे हटके विकास योजना का शुभारंभ हुआ है 17 सितंबर 2021 को पचास हजार उम्मीदवार को प्रशिक्षण इसके तहत प्रदान किया जाएगा अगला पॉइंट अखिल भारतीय अभियान है एक पहल कब शुरू की गई है 17 सितंबर 2021 को शुरू की गई है इसलिए न्याय विभाग और नालसा ने को कानूनी सहायता को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रत्येक नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार करने के लिए अखिल भारतीय एक पहल अभियान चलाया गया है यहीं पे एक चीज देख लीजिएगा ये जो नालसा लिखा तो मत ये होता है कंफ्यूज इसको भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा के नाम से भी जानते हैं तो न्याय विभाग यानी गवर्नमेंट और नालसा के बीच सत्रह सितम्बर दो हजार इक्कीस को कानूनी सहायता पाने के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए प्रत्येक नागरिकों तक ताकि न्याय की पहुंच हो सके इसी जो ये जो सपना है इसको साकार करने के लिए एक विशेष अखिल भारतीय एक पहल का चलाया गया सबसे पहले पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है सत्रह सितंबर दो हजार को आयोजन ये पहल शुरू की गई दूसरा प्रत्येक नागरिक को न्याय तक पहुंच के लिए यानी कानून की मुख्य धारा में लाने के लिए किसके द्वारा भारत सरकार के न्याय विभाग और नालसा के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। न्याय विभाग ने टेलीला यानी कानूनी जानकारी टेलीला मतलब कानूनी जानकारी के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सत्रह सितंबर से दो अक्टूबर तक देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया है ठीक है ध्यान रखिए कब से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य एक पहला अभियान चलाया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा पीएफसी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड जारी किया है पीएफसी पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ठीक है तो विद्युत क्षेत्र की अपग्रेडिंग कंपनी है एनबीएफसी पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड पी एफ सी तेरह को यानी 13 सितंबर 2021 को अपना पहला 300 मिलियन यूरो का सात वर्षीय यूरो बाड जारी किया है इंपॉर्टेंट वार्षिक सप्ताह और सॉरी वाणिज्यिक सप्ताह और वार्षिक उत्सव बीस से 26 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित किया गया वेरी इंपोर्टेंट है, के के है। आयोजित किया जाएगा पूरे देश भर में ठीक है तो वाणिज्यिक सप्ताह और वार्षिक जो उत्सव है बीस से 26 सितंबर 2021 हजार इक्कीस के मध्य आयोजित हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा द्वार कंटेनर ट्रेन सेवा केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 सितंबर 2021 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट सेवार्थ कंटेनर सेवा को वर्चुअल झंडी दिखाई है कितने तारीख को 20 सितंबर 2021 को डॉक् कंटेनर सेवा के द्वार क्यों बोलते हैं जो आईएसआई कंटेनर होते हैं आईएसओ मतलब स्टैंडर्ड जो कंटेनर होते हैं उनसे छह मिलीमी बस इसीलिए इंपॉर्टेंट हैदराबाद में खोला गया है इसके बारे में आगे देख लेते हैं भारत में अधिक राख वाले भारतीय कोयले को मेथेनाल में बदलने के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है इसके लिए हैदराबाद में अपना पहला पावर पायलट प्लांट स्थापित किया गया है इसी के तहत इसकी जो क्षमता है सॉरी टन एमटी ठीक है कहां पे खोला गया है हैदराबाद में है ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कोयले को मेथेनॉल में बदलने वाला भारत का पहला पायलट प्लांट कहा लॉन्च किया तो स्थापित किया गया है ठीक है न्यूट्री सीरियल सीरियल है ये सीरियल लिख दे रहे हैं सीरियल है ठीक है थीके? ज जो आते हैं न्यूट्री सीरियल मल्टी स्टेक होल्डर मेगा कन्वेंशन 3.0 इसका जो सेंटर स्थापित किया गया केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 सितंबर 2021 को हैदराबाद स्थित हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में न्यूट्री सीरियल मल्टी स्टेक होल्डर मेगा 3.0 कन्वेंशन की शुरुआत की है कहा पर की हैदराबाद में ध्यान रखिएगा कितने तारीख को सत्रह सितंबर दो को क्या शुरू किया है न्यूट्री हैल्टी स्टेक होल्डर्सा कन्वेंटेंट है मंत्री ने कहा कि भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट्स यानी अंतरराष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में यानी मोटे अनाज के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है तो यह हैदराबाद में स्थापित हो रहा है दो को भी ध्यान रखेगा अंतरराष्ट्रीय कदम मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया अलीगढ़ में बन रहा है राजा महेंद्र सिंह राज विश्वविद्यालय 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई अलीगढ़ में भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है 13 सितंबर 2021 हजार इक्कीस को सत्रहवें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है खादान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है शिवानी शिवानी नाम है शिवानी मीरापुरा नाम है सेंट्रल कोल लिमिटेड की प्रथम उत्खनन इंजीनियर बनी है वेरी इंपॉर्टेंट है आईएनएस एन एस ध्रुव विशाखा में नौसेना में शामिल किया गया है दस सितंबर दो हजार इक्कीस को ध्यान रखिएगा भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आई ध्रुव दस सितंबर को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया है मेडिसिन फ्राम स्काई योजना का शुभारंभ किया गया है कितने तारीख को 11 सितंबर 2021 को ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज लास्ट डे है राष्ट्रीय करंट अफेयर का मतलब नेशनल करंट अफेयर का इसलिए तेजी भी पर, तेज से भी पढ़ा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं आज ठीक है तो 11 सितंबर 2021 को मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना का शुभारंभ किया गया है देश में पहली बार ड्रोन के सहयोग से वितरण किया जाए किसके सहयोग से ड्रोन के सहयोग से औसत वितरण करने का कार्यक्रम जो शुरू किया गया है 11 सितंबर 2021 से किया गया और इसी का नाम मेडिसिन फ्रॉम स्काई दिया गया है शुरुआत कहां से की गई है बिकाराबाद एक शहर है तेलंगाना में वहां से तो पहला पॉइंट हो गया नेशनल मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना क्या है ड्रोन से औसत वितरण दूसरा पॉइंट कितने तारीख को शुरू किया गया 11 सितंबर 2021 को कहां पर बिकाराबाद तेलंगाना में याद रखिएगा अगला पॉइंट नवीनतम राज्यपाल चार राज्यपाल 9 सितंबर को बदले गए बाकी राज्यपाल की लिस्ट अभी हम जारी करेंगे अलग से पढ़ाएंगे आपको पंजाब के राज्यपाल बने हैं बनवारी लाल पुरोहित नागालैंड के बने हैं श्री आर रवि उत्तराखंड के नए बने हैं गुरमीर सिंह लेफ्टिनेंट गुरमीर सिंह आसम प्रोफेसर जगदीश मुस्खी बने ये चार अभी आप याद कर लीजिए बाकी अभी आपको जब राष्ट्रीय अः राष्ट्रीय पढ़ाएंगे तब उसमें आपको बताएंगे बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है 7 सितंबर को कितने तारीख को सात सितंबर को शुरू किया गया बुजुर्गों की बात देश के साथ शुभारंभ हुआ है केंद्रीय केंद्री मंत्री श्री गंगापुरम किशन रेड्डी ने केंद्रीय संस्कृत राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सात सितंबर को मतलब दोनों लोगों ने रेड्डी ने और मेघवाल ने मिलकर 7 सितंबर को नई दिल्ली में बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की डॉक्टर उत्पल बनर्जी की पुस्तक जो है गीत गोविंद जयदेव डिजाइन पर इसका विमोचन भी किया ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है बुक ये हंड्रेड परसेंट आने की संभावना है हंड्रेड आने की संभावना है या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा डॉक्टर उत्पल बनर्जी की पुस्तक है गीत गोविंद जयदेव डिजाइन इसका विमोचन भी, भी इसी अवसर पर किया है 7 सितंबर को इसके साथ ही गीत गोविंद पर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि बुजुर्गों की जो बात हो लोगों तक पहुंच पाए अभी आप जानते हैं हाल ही में एक हेल्पलाइन भी बुजुर्गो के लिए एल्ट्रा लाइन शुरू की गई है ठीक है इसको बता चुके हैं पूरे भारत में स्पेस पर चैलेंज इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट पूरे भारत में स्पेस पर चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किया है अटल स्कूल पढ़ते हैं हिंदी में अटल स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है मैं भी डिजिटल थ्री जीरो कार्यक्रम का शुभारंभ मैं भी डिजिटल थ्री का जो कार्यक्रम शुभारंभ किया गया आवासीय शहरी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश भर के दो शहरों में कितने दो शहरों में पीएम निधि योजना के तहत स्ट्रीट बेंडर के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम मैं भी डिजिटल हूं 3.0 का शुभारंभ किया है और इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह को हरी झंडी दी गई है ठीक है तो रेल एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्दना दरदोस ने 10 सितंबर 2021 को कितने तारीख को 10 सितंबर 2021 को चंपारण सत्याग्रह को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंपारण सत्याग्रह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा ठीक है।, है आज इतना ही बाकी कल मिलेंगे कल हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इंडेक्स अगर उससे टाइम बच गया इंडेक्स ज्यादा समय नहीं लेता है तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास ठीक है और कल ही एक वीडियो हम और अपलोड करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण तो होगा वो है कृषिगत विवरण या आप कह सकते हैं कृषिगत उत्पादन ठीक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो होगा तो आपको क्या करना है कल साढ़े बजे का इंतजार करना है और उसको याद लिखकर याद कर लेना है आज इतना ही मिलते हैं कल ठीक है धन्यवाद